हेलो दोस्तों इस समय हम बनारस के लहतारा में दोस्तों संत कबीर के जन्मस्थली स्थान पर आ, आने आए हैं आपको उनके जन्मस्थली के स्थान को दिखाने दोस्तों कबीर साहब जी का लीला में शरीर में बालक के रूप में नीरू और नीमा ने आ, काशी के लहतारा तालाब की एक कमल के पुष्प पर दोस्तों उनको मिले थे यही वो तालाब है जिस तालाब में कमल के पुष्प के ऊपर नीरू और नीमा को दोस्तों कबीर साहेब मिले थे ये तालाब दोस्तों उनकी मतलब कि धरोहर के रूप में अभी तक इसको संभाल कर उनके निशानी और उनके चिन्ह के रूप में अभी तक इसे संभाल कर रखा गया जैसा कि एक बहुत ही तालाब के किनारे भव्य मंदिर आपको सामने दिख रहा है और ये इस तालाब की निशानी के रूप में कुछ किस तरह से इसको बचा रखा गया जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जो इतिहास है कबीरदास जी की उस इतिहास को बनाए रखने के लिए कुछ इस तरह से इसको घेरा बन और कुछ इस तरह से कर दिया गया है ये जो तालाब है अभी तक संत कबीरदास जी की निशानी उनकी जन्मस्थली उनके एक तरह से कहें तो उनके प्रकट स्थल की एक तरह से ये तालाब उनकी निशानी है अभी वो सामने वो मंदिर है उनका तो वहाँ भी चलेंगे अभी संत कबीर दास जी के जो कि संत रविदास जी के गुरु थे संत कबीर दास जी तो उनके मंदिर में भी दोस्तों हम लोग कबीर बाबा के मंदिर के करीब आ गए हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और हमारे एक बाबा हैं उनकी जो सेवा में लगे हुए हैं और इन सेवाकारी में बातें बताने के लिए लाए हैं आपको तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये भव्य मंदिर का बहुत ही खूबसूरत और पर्यटन पर्यटक के हिसाब से बहुत ही अच्छा है देखने में देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कबीर बाबा का मंदिर बहुत ही भव्य और शानदार जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों ये जो कबीर साहब हैं पंद्रहवीं शताब्दी के भारतीय और रहस्यवादी कवि और ये संत के रूप में भी जाने जाते थे ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल में दोस्तों परमेश्वर की भक्ति के लिए महान प्रवर्तक के रूप में भी उभरे हैं दोस्तों दोस्तों जो इनकी रचनाएं हैं सिख धर्म के आदि ग्रंथ में भी इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वे न तो हिंदू धर्म और न ही मुस्लिम धर्म को मानते थे वे केवल दोस्तों एक सर्वोच्च ईश्वर पर विश्वास रखते थे सतगुरु कबीरदास जी बाबा का ये मंदिर भव्य स्मारक बन रहा है अभी इसमें डेवलपिंग प्रोसेस अभी बनने का प्रक्रिया जारी है जैसा कि देख पा रहे हैं इधर कुछ पिलर वगैरह बन रहे हैं अभी ये कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से बाबा का स्मारक दिख रहा है प्राकट यहाँ प्रकट स्थल इस ये इसको कहते हैं पिंक पिंक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बाबा का ये मंदिर ऐसा कि देख पा रहे हैं अंदर चलेंगे अभी दोस्तों कबीर साहब के गुरु दोस्तों रामानंद जी थे दोस्तों रामानंद जी को कबीर साहब ने अपना गुरु माना था और दोस्तों जब कबीर साहब अपने घर पर रहते थे तो दोस्तों इनके यहाँ साधु संतों का दोस्तों बहुत बड़ा जमावाड़ा दिखने को मिलता था हर समय दोस्तों इनसे कोई ना कोई मतलब कि डिस्कशन धर्म के बारे में कोई ना कोई डिस्कशन करने के लिए इनके पास होता था ये आपके सामने ये जो तीन मनीला धाम दिख रहा है प्रवेश द्वार ये कुछ इस तरह से दिख रहा है दोस्तों अभी हम यहाँ के रहने वाले बाबा हरिनारायण दास जी से कबीर साहब के बारे में चल बात करेंगे मेरा नाम हरिनारायण दास है मैं यहाँ चालीस वर्षों से रहता हूँ इस स्थान पे मैं आया था यहाँ कुछ नहीं था बिल्कुल वीरान जगह थी लेकिन कबीर साहब के नाम से जगह थी यहाँ लोग जानते थे कि कबीर साहब का प्रादुर्भाव काशिल हर में हुआ है ये तालाब कभी किसी समय में सत्तर एकड़ का था सब लोगों ने कब्जा किए हुए थे उसमें से हमारे गुरुजी उदित नाम साहब ने सात एकड़ जमीन को खरीदा 1967 में और यहाँ कबीर साहब गगन मंडल से उतरे सतगुरु सतकबीर और जलज माही पौटन के सब पीरन के पीर पी। कबीर साहब किसी एक के लिए नहीं आते सारे समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश दिया उन्होंने उन्होंने मुख्य बीजक ग्रंथ में बताया है भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया कह ने बोराया अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा कहन सुन कर दुई कर थापे एक निवाज एक पूजा वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए वो हिंदू को, को त्रुक कहावे एक जिमी पे रहिए कबीर साहब का कहना इस संसार में दो ईश्वर दो परमात्मा नहीं है उन्होंने कितना सटीक उपमा दिया है कहा है गहना एक कनक ते गहना या भाव न दूजा स्वर्ग एक धातु होते हैं उनके अनेक प्रकार के जेवर तैयार होते हैं अंगुली में पहनते हो तो उसे अंगूठी कहते हैं उसी के ऊपर पहनते हो तो फिर बाला कहते हैं गले में पहनते हो तो माला कहते हैं बाजार में खरीदते तो कीमत सबका बराबर लगता है क्योंकि सब स्वर्ण का बना हुआ है इसलिए उन्होंने बताया कि जिस तरह से धातु का समान बना हुआ एक, एक कीमत से बिकता है उसी तरह से हमारे इस संसार में आराधना के स्थल जो है अलग अलग है कीमत सबका बराबर है इस तरह से कबीर साहब ने समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश उन्होंने तो कहा कि हिंदू कहो तो मैं नहीं मुसलमान भी ना और पांच तत्व की पुतला गई भी खेले माहे कबीर साहब ने बताया कि संसार में जब व्यक्ति आता है तो न कोई हिंदू बन के आता है न कोई मुस्लिम बन के आता है न कोई सिख बन के आता है न ईसाई बन के आता है इंसान के स्वरूप में आता है और माता पिता जैसा संस्कार डालते हैं तुम नाई हो तुम धोबी हो तुम अमुख हो इस तरह से हम फंस जाते हैं लेकिन संसार में सब एक इंसान है कहा आया एक के देश से उतर ही एक घाट हवा लगी संसार का तब हो गए बारह बार इस संसार में एक ही माता पिता के गुद्ध से सभी आते हैं और यहाँ आकर के अपने अपने माता पिता जैसा संस्कार डालते हैं उस तरह से हो जाते हैं तो मैं कह रहा था इस तालाब में कबीर साहब आए और यहाँ से नीरू नीमा दोनों दंपत्ति चौदह में उनका प्रादुर्भाव हुआ दोनों शादी कराकर इसी रास्ते से जा रहे थे ताप का महीना था जून में ज्येष्ठ की पूर्णिमा के समय की बात है दोनों दंपति इसी रास्ते से गुजर रहे थे उन्हें प्यास लगी इस तालाब में आए जल लेने को कमल पुष्प पर बालक को हाथ पैर फेंकते देखा उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया उठाकर कर लेके जाते हैं तो नीरू कहता है कि तुम कहाँ से बलाय खरीद लिये समाज में कितना विकृति फैलेगी इस तरह से उन्होंने कहा कि जहाँ से बच्चा लाया वहीं जाकर छोड़ दो उन्होंने कहा कि देखिए जीवन यापन हमें आपको करना है परमात्मा ने इतना सुंदर बालक दिया है हम लोगों को तो इसे हम लोग ले चले इस तरह सलाह करके दोनों ले गए यहाँ से कबीर चौड़ा स्थान है वहाँ उनकी लालन पालन हुआ वहीं से प्रचार प्रसार किया उन्होंने कबीर साहब ने काशी की जो मान्यता थी काशी में लोग कहते हैं कि पंडित लोग की यहाँ मुक्ति होती है तो इस भ्रम को हटाने के लिए कबीर साहब ने एक वर्ष तक यहाँ रहे और उसके बाद अब से चल दिए मघर में मगहर में मरने वाले को लोग कहते थे पंडित लोग कि वहाँ मरने से गधा होते हैं और यहाँ काशी रहने से मुक्ति होती है इस भ्रम को हटाने के लिए कबीर साहब ने यहाँ से चल दिए मगर को तो मघर गए तो इनके शिष्य दोनों थे वीर सिंह देव बघेला राणा बिजली खान पैठान ये सब उनके शिष्य थे तभी लोग राजा रोग भी चल पड़े गुरु के साथ में राजा चला तो उनके साथ राजा का फौज भी गया वहाँ गए मगहर में अमी नदी के किनारे वहीं लेट गए वहीं शरीर छोड़ दिया उन्होंने उसके बाद दोनों में विवाद खड़ी हो गई हिंदू का है कि मैं अपनी रीति भांति से दफनाऊँगा मुस्लिम का है कि मैं अपनी रीति भांति से दपनाऊँगा दोनों में विवाद खड़ा हो गई उसी में एक आकाशवाणी हुई खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा युद्ध अवस्था कर डारी सुन के है वानी अचरज मानी देख निशानी सिर मारी सिर पर हाथ थम्मा था हाथ मारता है तो कहता ये आवाज़ कहाँ से आ रही है इस तरह से कपड़े हटा के देखा तो वहाँ तो पुष्प मिला जो कि दोनों ने बांट लिया एक ने मजार बनाया है एक ने समाधि बनाया इस तरह से कबीर साहब का वार्तालाप हुआ कबीर साहब ने यहाँ पंडितों को बड़े करे शब्दों से पछारा लोगों को उन्होंने कहा सारे निपुण कसाई बकरा मार सापर भावे, दिल दिल में में दर्द नहीं आई से से बैठे निधि की नदी बहाई अति चेकुल कहिए सभा माही अधिकायी इनसे दीक्षा सब कोई मांगे हसी आवे मेरे भाई बाप पटन को कथा सुनावे कर्म करावे नीचा कितने करे शब्दों से प्रहार किया उन्होंने पंडितों से उन्होंने तो आज समाज में देखेंगे मिट्टी के बर्तन में पानी रखेंगे तो पंडित लोग उसको नहीं पीते हैं वहाँ पर भी उन्होंने उसको कहा पारे बूझ पियो तुम पानी पारे जी बूझ पिया हो तुम पानी यही मटिया के घर में बैठे ताइम सृष्टि समानी छप्पन कोटि यादव जहाँ भिजे मुनिझन सहस अठासी पैग पैग पैगम्बर गारे वो सब सर भय माटी जब छप्पन करोड़ जो लड़कर मरे थे तो वो सब वो सब तो इसी जमीन में सरे गले और उसी मिट्टी का मकान बने हुए उसमें रहते हो तो छूत से कहां से तुम तो अलग हो सकते हो इस तरह से जितना आडम्बर था कबीर साहब ने आडम्बर की पर्दाफाश किया समाज में इस तरह से कबीर साहब ने सारे समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश दिया वो कबीर साहेब की जय का जय शाहे बंदु शाहे हमारे यहाँ आश्रम में तीन कार्यक्रम साल का होता है एक तो बड़ा रूप से होता है जो कि जयंती मनाते हैं कबीर साहब की जून में ज्येष्ठ की पूर्णिमा को तो वो तीन दिन का कार्यक्रम होता है उसके बाद गुरु पूर्णिमा मनाते हैं वो तो एक दिन का रहता है उसके बाद एक और हम जिन्होंने इस मंदिर को निर्माण किया है उदित नाम साहब जी ने उनका तिथि भी मनाते हैं हम पौष की एकादशी को अभी तेरह तारीख को था लेकिन कोरोना की वजह से कार्यक्रम स्थगित रहा अपने अपने लोग मनाए बस साहेबंधी